क्लास नाइन टू ट्वेल्व की न्यू वर्कशीट आ गई है तो आप लोग इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च मानना है ई डी यू डी ई एल ए डूडल सर्च मारने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है तो आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा पहला लिंक ये इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आने के बाद सर्च बार के पास जाना है तो सर्च बार पे आपको क्लिक करना है लिखना होगा वर्कशीट तो इस पर आप सर्च मार देंगे वर्कशीट सर्च मारने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा तो आपको आ जाना है इस पर सबसे ऊपर लिखा होगा एडुकेशन डिपार्टमेंट इस पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके का जेनरिक वर्कशीट आपको चाहिए हो तो जेनरिक वर्कशीट मिलेगी या सब्जेक्ट वर्कशीट इस पर क्लास आपको सेलेक्ट करनी, तो करनी है सब्जेक्ट सेलेक्ट तो करना है तो और आपका मीडियम कौन सा है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे वर्कशीट कौन सी चाहिए उसकी सेलेक्ट करनी है हिंदी इंग्लिश मैथ्स उसके बाद सबमिट आपको दबा देना है तो आपको मतलब उस वर्कशीट ओपन हो आ जाएगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्टडी सरस्वती एडुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू